एक बार रहते थे दो दोस्त प्रवीन और नवीन। दोनों ने मजे से में में अपना बचपन साथ में गुजारा। बाकी लोगों से अलग दोनों पढ़ाई के बाद नौकरी की जल्दी में नहीं थे उनको शौक था अनोखे और पुरानी चीजों को ढूंढ निकालने का एक दिन प्रवीण और नवीन निकले कुछ प्राचीन वस्तुएं की खोज में तो अचानक से उनको कोई अनोखी चीज में मिल गई जिज्ञास होकर उन्होंने उस चीज को बाहर निकाला तो वो एक चांदी का छाता था मैंने कभी भी ऐसा चमकीला छाता देखा ही नहीं हाँ, मैंने भी चलो इसको खोलते हैं हाँ, हाँ। आई आई देखो इस छाते को पूरा चांदी का है वाह कितना सुंदर है ये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 और उन्होंने उसको अपना आशीर्वाद दे दिया दूसरी ओर प्रवीण के माता पिता भी उससे बात करना चाह रहे थे पर प्रवीण ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रवीण अपने घर से निकला और सीधा नवीन के पास आया दोनों तुरंत नवीन के घर के पीछे गए अपने गुप्त जगह से छतरी को वापस निकाला प्रवीण ने छतरी को अपने हाथ में लिया और बोला नवीन कूड़े में से सबसे पहले इस छतरी को निकाला किसने तुमने और इसको खोला किसने तुमने भाई तो ये छतरी किसकी होनी चाहिए मेरी ये क्या बोल रहे हो प्रवीण इस छतरी को मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटू इस जादू का फायदा तुमको क्यों होना चाहिए और इसको मैं तुम्हारे घर के पीछे क्यों अपने पास ही रखूंगा मैं इसको खुद के लिए इस्तेमाल करूँगा यार जब हमें ये छाता मिला तो हम साथ में थे ना अरे भाई हम साथ, साथ बड़े हुए है और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझे धोखा दे रहे हो कुछ भी बोल ले ये जादुई छतरी तो सिर्फ मेरी है ऐसा कहकर प्रवीण ने छतरी को खोला खोलते ही जादुई छतरी अपने आप प्रवीण के हाथ से उड़कर नवीन के हाथ में आ गई मैं सिर्फ नवीन की बात सुनूंगी क्योंकि ये एक ईमानदार इंसान है और स्वार्थी नहीं तुम्हारे जैसे धोखेबाज और मतलबी इंसान के साथ मैं नहीं रहूंगी प्रवीण मुझे लगा तू तो मेरा सच्चा दोस्त है प्रवीण। मुझे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है है। कि तूने धोखा दिया प्रवीण को समझ नहीं आया कि वह क्या करे न छतरी थी न उसका दोस्त उसने छतरी को छीनने की कोशिश की पर छतरी उसके हाथ में आई ही नहीं छत्री ने प्रवीण को इतना डराया कि अंत में उसने हार मान लिया और वहां से भाग निकला नवीन ने जैसे अपने मां बाप को बोला था वैसे ही उसने एक म्यूजियम खोला अपनी जमाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए